गाइज आप में से बहुत से लोगों ने भारतीय रेल में सफर जरूर किया होगा और अक्सर ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर आपने पान और गुटके के थूकने के दाग भी देखे होंगे अब थूकने वालों का तो क्या ही जाता है जहाँ चाहा वहां थूक दिया पर इन्हीं दागों को साफ करने के लिए भारतीय रेल को सालाना 1200 सौ करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं मतलब प्रति माह सौ करोड़ रुपए सिर्फ इन दागों को साफ करने के लिए खर्च करने पड़ते हैं और उसी के साथ साथ लाखों लीटर पानी भी वेस्ट होता है एक तो तंबाकू और गुटखा खाने से सेहत खराब होती है ऊपर से जहां तहां थूकने से हजारों लीटर पानी और करोड़ों रुपयों का नुकसान भी होता है थोड़ा समझिए और जिम्मेदार नागरिक बनिए तंबाकू का सेवन ना करके खुद को बीमारियों से बचाइए और देश को जल संकट से भी बचाइए। बचाइएंगीडियो के लिए शेयर,